छतरपुर में एक चलती बस में महिला की डिलीवरी हो गई बस चालक ने बड़े ही सावधानी से बस चलाते हुए बस सीधे अस्पताल के अंदर पहुंचा दी अस्पताल पहुंचने पर बताया गया कि मां और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। छतरपुर में चलती बस में महिला की डिलीवरी का मामला सामने आया है दरअसल सागर के रहने वाले पति पत्नी दिल्ली से सागर जा रहे थे पत्नी गर्भवती थी तभी छतरपुर से पांच किलोमीटर पहले प्रसुता को दर्द शुरू हो गया जिसके कारण बस में ही डिलीवरी की कार्रवाई शुरू की गई इस पूरी घटना की जानकारी बस के ड्राइवर को लगी तो उसने बहुत संभाल कर तेज गति से बस को दौड़ाते हुए सीधे अस्पताल के अंदर ले गया समय रहते बस अस्पताल के भीतर पहुंची और जच्चा और बच्चा को समय पे इलाज मिल गया अब माँ और बेटा दोनों स्वस्थ हैं ये वेदवंती है दिल्ली से आ रही सागर जा रही तो हुआ अचानक बताया था प्रॉब्लम तुमने गाड़ी बैक कर दी क्या करी चाहिए बच्चा बच्ची के बाद सवारी दिल्ली से बैठी हरे छतरपुर पार करके हाँ। चार किलोमीटर है सीधे बस इसमें हॉस्पिटल में हम लोग दिल्ली से वापिस आ रहे थे एकदम दर्द वगैरह हो रहे थे तो इसलिए हम लोग वापिस आ रहे थे वहाँ को डॉक्टर का इलाज नहीं है, था नहीं ना कोई तो डॉक्टर का इलाज के लिए तैयारी नहीं हो रहा था इसलिए हम लोग वापिस यहीं आगे बस में यहाँ से पाँच किलोमीटर दूर है छतरपुर जिला अस्पताल से एम्बुलेंस आई अब यहाँ ले आए